बरी उनके आंखों में है कितनी करुणा जाके सुदामा भिखारी से पूछो जाके सुदामा सुदा से पूछो है करमा तक क्या उनके चरणों की रज में है करमात क्या उनके चरल की रज में जाकर के गौसम किनारे से पूछो जाकर के गौसम किनारे से पूछो कितनी करते हैं शरणा गतों पे कृपा कितनी करते हैं शरणा पे बता सकते हैं जब बता सकते हैं जब मिलेंगे बीबी तुम कथितों को पावन को तो मो कैसे बनाते जतायू शरीत मनसा से पूछो सतायू शरीत मनसा हरी से पूछो है करमा ते उनके लो कि रज में है करमा ते चर लो जय में जाकर के गौतम किनारे से पूछो जाकर के गौतम कैसे सुनते हैं दुखियों की आए प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आए तुम्हें ज्ञात हो राजा बल की कहानी तुम्हें ज्ञात हो राजा बल की कहानी निराधार का कौन आधार का कोने आधार है जग में ये प्रश्न दुरुपद दुलारी से पूछो ये प्रश्न दुरुपद दुलारी से पूछो है कर मात क्या उनके चरणों की रज में कर मात क्या उनके चरना चिड़ जैमे जाकर के गौतम किनारे से पूछो जाकर के गौतम किनारित पूछो छमाशीलताइन में कितनी भरी है छमाशी लताइन में कितनी भरी है बताएंगे फ्री गुजी बताएंगे भ्री गुजी वो सब जानते हैं उनके भाव दय मुन के भावों का है कितना भूखा विधुसावरी से बारी बारी बारीश पूछो विदुर सावरी से बारी बारी से पूछो है करे मा त उनके मुन के चरिनों की रज में करे मा चरणा की रज में जाकर के गौतम किनारे से पूछो जाकर के गौतम किनारे से पूछो जाकर के गौतम